तो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल तो स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लाग्स में तो गाइज आज हम लोग ब्लॉग लेके आ गए भट्टे के ऊपर तो हम लोग जा रहे हैं आज सीधा भट्टा पे और हमारे साथ जो कि है हमारी टीम पहुंच चुकी है वहां पे दो या तीन लोग हैं सलीम भाई है और मिस्टर फर्रू हैं और अब्दुल बारी वो तीन लोग पहुँच चुके हैं भट्टे पर और हम यहाँ पे दो लोग हैं दो गाड़ी जा रही है हमारे साथ जो कि यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप लोग हम आदिल हैं और हम लोग अभी गाँव में ही हैं बस जस्ट अभी पहुँचेंगे तुरंत ब्लॉग स्टार्ट करेंगे वहाँ पर पहुँचने के बाद भट्टा पे ठीक है तो आज का ब्लॉग काफ़ी बेटर है तो चलनी है चलते हैं भट्टे पे। जैसे कि भट्टा पे पहुंच चुके हैं आप लोगों को भट्टा दिखाते हैं सीधा वहाँ पे जाने के बाद और यहाँ पे हमारे सलीम भाई और जो, जो हमारे मतलब बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे जो हमारे साथ आए थे उन लोगों को कुछ, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है और वो चले गए भट्टा देखने के लिए हम यहाँ पे अपील कर रहे हैं अभी आज चलते हैं हम लोग भट्टा दिखाने के लिए बुला रहे हैं वो भट्टे का भट्टे के ऊपर जाने का रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा ये सीढ़ी है हम लोग आ चुके हैं अंदर ये देख काफी ज्यादा गड्ढा है ये तो अंग्रेजों के जमाने का ये तो अंग्रेजों के जमाने का लग रहा है केवल ईट ईट दिख रही है और कुछ दिख नहीं रहा है मिट्टी वगैरह तो दिख नहीं रही है ईट ईट दिख रही है यहाँ पे अभी खुदाई चल रही है और उस समय वो वहां पे वहाँ पे खुदाई हो चुकी है और यहाँ पे खुदाई चल रही है मुझे लगता है ये वाली खुदाई करने के बाद यहाँ पे लाके मिलाया जाएगा इसके लेवल का किया जाएगा और हम अपना सीक्रेट दिखाते हैं अभी इस साइड भी खुदाई हो चुकी है <coughs> और ये हमारा सीक्रेट ये रहा हमारा सीक्रेट के अंदर भी चलना है क्यों क्यून की जगह हमें पकना है क्या इसके अंदर जाने ओ बारी कौन है नहीं नहीं कोई है भूत भूक लग रहा है भाई हमें अंदर जाना अरे भाई दाजा चल तो रहा है ये अच्छा तो बच्चा है गर्मी हो रही है अबे ठंडी का मौसम दिद चल रहा है तुम्हें गर्मी आज अभी अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है ऐसे तैसे ईट नहीं हाँ अंदर आ देख सकते है हम लोग ये आदिल किसके जमाने का लग रहा है वहाँ मुक्का उक्का सब चल रहा है अंदर बहुत। और अंदर गड्ढा भी है अंदर गड्ढा भी है कितना घंटा है देख? देखो बहुत ऊपर है क्या बात कर रहा है रहे अभी अबे चलना तो पड़े अब अबे भाई उतनी ऊपर तो है अच्छा बहुत ओ, देखो यार। ओ, दिख्या तो ज़्यादा लग रहा है अंदर नहीं करता लगा। चलो बात चलो ऊपर से बरना एक बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए अब चलते हैं काटा वो भारी सब वहां पे पहुंच चुके हैं और ये भी उसी तरीके का आदिल तुम्हारे तुम्हारे पीछे तो गंदा आ, तुम्हारे पीछे गंदा हो चुका है उसी टाइप का ये यार दुबई वाले सब पीते है लम्बा लम्बा ना हमारे यहाँ खुद है इतना लंबा सिगरेट है अब बताओ सिगरेट और नहीं तो क्या है है कोई दुबई में ऐसा सिगरेट है जो दूर से देखोगे तो पतला नजर आएगा पास जाओगे तो मोटा होता चला जाएगा ये ऐसा सिगरेट है सिगरेट की खासियत ये गोल्ड फ्लैग फ्लैग इज हा रह फिर अबे सब कहा गए यार बारी को देख कही पे ये कहीं पे बैठा होगा कहीं ये तो बड़का वाला गोल्ड फ्लैग यहाँ पे जाने की बहुत योजना बना रहे हैं लोग क्या बांटा जा रहा है कुछ नहीं टाफी लेकर आए भाई टॉफी पे लेकर आए थे हमें तो मिली नहीं अभी तुम क्या फैला रहे हो बारी बारी दो काम करो ऐसा है बेटा देखो तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे लाओ मिल बाट के खाया जाए चिंगम पूछा जाए टॉफी है ना ये ये हमें टॉफी मिली है बिस्कुट ना क्यों तो तो नहीं वो चाचा तो के साथ हमारी नहीं आठ बजे आते हैं पाँच बजे जाते हैं घर और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं बहुत कड़ी हाँ इस भट्टे पे काम होगा तो कड़ी मेहनत होगी क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है अभी हम लोग गए थे यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे हम लोग गए थे जस्ट वहाँ पे पहुँचने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी इतना ज़्यादा तापमान बढ़ गया था कि हम लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए इसलिए तो बाहर आ गए थे बहुत ज्यादा अंदर गर्मी है और हमारे चाचा सुबह आते हैं आठ बजे और शाम को कितने बजे जाते है चाचा साढ़े बजे साढ़े बजे घर जाते हैं कोई भाई बहुत बड़ा वो है किसी जग लड़ने से कम नहीं है ये सब तो चलिए अभी तो बता रहे हैं परमिशन हम लोगों को नहीं मिली कि भट्टे के अंदर जाने की क्योंकि भट्टे के अंदर ईट है सब अगर ईट बाहर आएगा फिर उसके बाद हम जाएंगे भट्टे के अंदर जाके वहाँ पे देखते हैं परमिशन मिल जाती है तो ठीक होगा वरना भट्टा के भट्टे के अंदर तो जाने नहीं देंगे हम लोगों को और ये हमारे आदिल भाई देख रहे हैं इससे क्या होता होगा आदिल भाई, आदिल भाई? अच्छा यहाँ पे ईंट रखी जाती है ईंट वाला ठेला होगा भट्टे के अंदर से ही ईट निकाला जाता है इससे हाँ हाँ भैया लाइन से ही लगाएंगे तो तो तो बैठिए हम इस पे बैठ जाते हैं आप हमको घुमा देंगे देखो हाँ। सलीम भाई हमारे लिए हम आप लोग देख सकते हैं रहीम भाई को कड़ी के बाद आखिरकार जगह मुझे नहीं लग रहा है मूड में कोई इधर आया है मुझे नहीं लग रहा है कोई वीडियो बनाने के मूड में आया है इधर तो पूरी मस्ती ही चल रही है मस्ती और क्यूँकी हमारी पंपम गई का नजर आ रहा है तो गाइड तो तो तो सालीम भाई बारह लाख बारह लाख में 12 लाख डाले जाते हैं और एक महीने में कितना ज्यादा निकाला जाता होगा एक महीने में सारा पक जाता है एक महीने में, एक में साला, सारा ईट पक जाता है और यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आप लोगों को ऊपर ऐसी हमने दिखाया था की जो ईट टाइप था ये पूरा भरा जाता है बारह लाख कम कम बारह लाख सीटों में यह सब पूरा हो जाता है हर रोज आठ ऐसी दस आदमी इस भट्टी पे काम करते हैं जिसे एक दिन में एक साइड का ईटा पकाया जाता है इसी तरह एक महीने में सारा ईटा पकाया जाता है तो और यहाँ काम करने वाले सब दिख सकते हैं आपको ये देख सकते हैं ऊंचा है और धूप तो भाई इतनी ज्यादा धूप लग रही है बहुत बहुत शुक्रिया उनका करना चाहता हूँ जो की हमें दावत भी है बहुत ज्यादा इनके चढ़ी चढ़ी बहुत ज्यादा मस्ती हो रही है और अभी ना नहीं दे। है वो देखिए तो ये जो भट्टा है आज हम लोग आए थे आप लोगों को भट्टा दिखाने के लिए लेकिन ईट अंदर भट्टे के अंदर ईट डाली गई है इसलिए हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाई अगर ये परमिशन मिल जाती तो हम लोग आप लोगों को पूरा भट्टा अंदर से दिखा सकते थे लेकिन आज परमिशन नहीं मिल पाई क्यूँकी अंदर ईट है लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं आप लोग ये जब ये सब जो ईट है यहाँ पे समय ये पक चुकी है और ये निकाली जा रही है अभी इसलिए भट्टे में जगह नहीं है और ये सब पकने के बाद अगर जस्ट मतलब दूसरा ईट डालेंगे तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि ये सब कैसे बनता है और कैसे भट्टे में डाला जाता है और बारी बारी एकदम हद की है जो कि के जा रहे हैं कब से जा रहे हैं कब से जा रहे हैं सिकेटे देखिए इतना लंबा सिकरेट है, तो है सिकरेट अगर हमारे पास होती तो हम पीती और जिनके पास नहीं होती तो वो सिर्फ देखती और क्या करती देखते ही देखते और क्या करते ये और ये आई हमारे लेफ्ट साइड जो कि यहाँ पे बरगद का पेड़ है ये सुनने में आया कि 50 साल पुराना है और रात के 12 या 11 बजे के बीच यहाँ पे जो टॉयलेट करने आता है इन पेड़ के अंदर से आवाजें आती है बहुत भयानक भयानक क्योंकि हमारे इस समय बारह बज के मिनट हो चुके हैं और हम इस पेड़ के करीब यहाँ पे जो खड़े हुए हैं तो हमारी भी फट रही है कुछ बुदगुमारी की आवाज़ आ रही है बता नहीं सकते की आदि में पीछे से हवा छोड़ रहे हैं या फिर पेड़ की आवाजें हैं ये सब हमें कंफर्म नहीं है तो काफ़ी मोटा पेड़ है और पेड़ के क्लोज हम अगर जाएंगे तो पेड़ और दो इंच मोटा हो जाएगा जैसे कि सिगरेट की खासियत हम बताए थे कि दूर से अगर सिगरेट को देखते हो आप तो सिगरेट काफ़ी ज़्यादा पतला नजर आता है लेकिन सिगरेट के अगर आप क्लोज जाते हो तो सिगरेट और भी ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसी तरह इस की भी खासियत है अगर दूर से इस पेड़ को देखोगे तो यह पतला नजर आएगा और हमारे बारी भाई जो कि हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं उनकी साइकिलें भाँज रही है ताला लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कि इनके पास किसी के पास भी गाड़ी वोड़ी वगैरह है नहीं साइकिल से काम चलाते हैं अपना गुजारा करते हैं वो भी रोजी रोटी पर हाथ मार रहे हैं मिस्टर बारी और वो साइकिल ले जाके चले आए हैं और तादे से बैठे ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं चला गया चलेगा लेकिन हम लोग भी उनके जुश्मन ही है अगर वो आएंगे किसी साइकिल से जाए तो हम लोग बता देंगे कि बारी वहाँ पर घास में जाके बैठेंगे तो इसमें की खासियत तो जैसे कि हमने आप लोगों को बता ही दिया है तो आदिल भाई सबसे ज़्यादा प्यार पेड़ पर चढ़ने पे में माहिर है और जो भट्टे पे काम करते हैं वगैरह मतलब जो आते हैं या एक या दो महीने तक घर नहीं जाते वो चाचा बता रहे थे चाचा को तो मतलब ऐसा है कि बाल बच्चे हैं इसलिए घर चले जाते हैं देखने दाखने के लिए और सब जो जवान हैं यहाँ पे भट्टे पे काम करते हैं वो कहीं घर और नहीं जाते बल्कि यहीं पर दो चार ईटा अपना उठा करके यहाँ पे रहते हैं उसमें वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वो छोटा घर जो दिख रहा है वो भट्टे पर मतलब काम करने वालों का ही है और वहाँ पर जो है होगा आठ नौ दस ग्यारह मतलब घर होगा वो उस सब यहाँ पे काम करने वाले का और आदिल भाई सबसे ज़्यादा पैर पे चलने पे मारे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आदिल के साथ साथ बारी भी चढ़े हुए हैं और हमें पैर पे चढ़ना आता नहीं तो आप देखेंगे दे दे और पेड़ के पास बैठने में इतनी ज्यादा मजबूती मतलब इतनी ज्यादा अच्छी हवा आ रही है ऐसा लगता है विंडो एसी के करीब हम लोग बैठे तो आदि जैसे पुराना शिकार अपना जो बचपन में खेले थे पे, इस पेड़ पे कहने का मतलब आदि का यही है ना आदि आदि का कहने का मतलब यही है कि पुराना शिकार जो आदि खेले थे पे, इस पेड़ पे खेले थे मतलब यहाँ पे आए थे शहद निकालने के लिए शहद आदि कैसे निकालते हो आप हम बता देते हैं शहद के आदिल मतलब अगर आप मतलब ऐसे ही कुछ मतलब स्मोक उस्मोक किए बगैर अगर आप शहद के पास जाओगे तो शहद का छत्ता उगर जाएगा और आप लोगों को शहद काट लेगी तो उससे अच्छा होगा सेफ्टी के लिए हम बता दे रहे हैं कि गाड़ी पे चलाने वाला हेलमेट होता है और एक चादर होती है वो ओल लीजिएगा और हेलमेट लगा लीजिएगा और हाथ में थोड़ा सा स्मोक मतलब ऐसी चीज ले लीजिएगा जिससे कि स्मोक काफ़ी ज़्यादा धुआं हो काफ़ी मात्रा में तो वही धुआँ लेकर जाइए आप छत्ते के हरिया न और शायद मखी इन सब ब्योहश हो जाएंगे आप अच्छे से शायद निकालिए और आके नीचे बैठ के रश मजा लीजिए चलिए आज के लिए इतना ही बस आई होप की आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा सो इसी के साथ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करे और ज्यादा ऐसी ज्यादा, ज्यादा शेयर ज्याद करें, करें।, करें।, करें।, करें। बारी गिरा बारी गिरा करें बारी गिरी होली <laughs>